मेरी घुस गई लग रहा है जींस जींस में एक बात मैं मैं आधे घंटे से से से से पढ़ा रही हूं। मैं मतलब निकली घर घर मिनट मिनट हो 40, 45 हो गए गए निकले तब मैंने ये <laughs> जुदा वो मुझसे हुए मेरे दिल ने धड़कना छोड़ दो ससुरा जिंदा कैसे है नहीं समझे ये खाली बेकू बना oh अच्छा दिल नहीं धड़क रहा इसका जा। गाना जो है बेसिकली बनाने के लिए होता गाना सुनिए तो इनटू टू करके सुनिए उसमें टू करके तब समझ में आएगा कि इसे जो है कहना क्या चाह रहा था यह को गाना पे ध्यान नहीं देना समझा रहा कि नहीं आ गया